चैनल पुण्यतिथि के सभी दर्शकों को कुमारी स्वस्तिका का है। है, दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात अभी भूमि चयन का प्रसंग प्रसंग चल रहा है। इसी प्रसंग में देहरादून के एक दर्शक ने सवाल किए हैं कि हमारे भवन के आसपास पहाड़ नदी खाई ये सबका ही सिर्फ दुष्प्रभाव या प्रभाव पड़ता है हमारे भवन के पे या पास में अगर कोई ऊंची बिल्डिंग हो तो इसका भी प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ता है दोस्तों इसी प्रसंग को इस प्रश्न को लेकर हम चलते हैं गुरु जी के पास और जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर भवे रानी मात्र सुखी हों रानी मात्र निरु हों सबकी दृष्टि समान हो किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो हरिओ शांति शांति शांति YouTube चैनल पुण्यात् कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्या का पिछले कई एपिसोडों से भूमि भूमि चयन चयन का चल रहा है। ने भी मुख्य दो भाग है दो खंड है वास्तु भूमि कहाँ हो और वास्तुभूमि कैसी हो अभी तक जो प्रसंग चला है वो वास्तुभूमि कहा होबंधित है कैसी हो की चर्चा तो हम आगे करेंगे पिछले एपिसोड में नदी पहाड़ झरने रूह ढोके इत्यादि के आसपास होने की बातें बताई गई कि जिस जमीन पर हम मकान बनाने जा रहे हैं उसके पास अमुक दिशा में ये चीज़ें हो और अमुख दिशा में ये चीज़ें ना हो उनके गुण दोषों पर उनके शुभत्व और अशुभत्व पर चर्चा की गई इसी क्रम में देहरादून से मधुसूदन मिश्रा जी का एक प्रश्न आया है कि पहाड़ पहाड़ी धोखे इत्यादि की बात तो आपने कही गड्ढे की बातें कही यानी पार्सों में आस पास में बगल में ऊंची भूमि या नीची भूमि का प्रभाव या दुष्प्रभाव या सुप्रभाव जैसे पड़ता है उसी तरह से क्या किसी निर्मित भवन का भी प्रभाव पड़ सकता है बगल के भूखंड पर सवाल बिल्कुल सामान्य है इस प्रसंग में मैं एक बात का ध्यान दिला दूं क्योंकि पहले भी इस पर चर्चा हुई है कि ये जो वास्तु ज्योतिष शिक्षा और समाधान व्याख्यान माला का सिलसिला चल रहा है इसे आप देख रहे हैं सुन रहे हैं सीख रहे हैं नियमित रूप से हर एपिसोड पर मेरा ईमेल आईडी भी फ्लैश हो रहा है विभिन्न सोशल मीडियाओं पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर बताए गए हैं ये सब इसलिए कि किसी भी व्यक्ति को मुझसे सीधे संपर्क करने में कोई कठिनाई न हो आप किसी भी सवाल का जवाब हमसे यथासंभव पा सकते हैं अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं अपनी शंका रख सकते हैं बस ध्यान से इस बात का रखना है कि जो कोई भी प्रश्न आप कर रहे हैं वो प्रश्न बिल्कुल व्यक्तिगत न हो आपका वो प्रश्न सार्वजनिक तौर पर सिद्धांत से संबंधित वो प्रश्न हो और सार्वजनिक प्रश्न हो यानी किसी एक के प्रश्न का उससे मिलने वाले उत्तर का लाभ किसी दूसरे व्यक्ति को भी किसी दूसरे जिज्ञासु के वो भी उसी प्रकार से प्राप्त हो सार्वजनिक प्रश्न अब चूंकि प्रसंग यहाँ ऊंचे नीचे जमीन के बारे में प्रसंग चल रहा है और इससे संबंधित मिश्रा जी ने यह सवाल किया है ऐसा नहीं है कि उनका बिल्कुल व्यक्तिगत तो अपने प्लॉट के बारे में कह है। रहे हैं पूछ रहे हैं सहज जिज्ञासा है किंतु हाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी प्रश्न जो बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर आप करेंगे आप अपने मकान का नक्शा मेरे पास देंगे अपने मकान लंबाई, की लंबाई चौड़ाई नाप भेजेंगे अफ़कान की बातें होंगी और तब आप जो मुझसे कुछ सवाल करेंगे वैसी स्थिति में मेरा जो विहित परामर्श शुल्क है वो आपको अदा करना पड़ेगा सार्वजनिक प्रश्नों के उत्तर के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना है किंतु व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए शुल्क देना है और यह भी सहज बात है यदि हम इतनी बड़ी दुनिया है यदि हम इस तरह से व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर देने लगे तो निक सैकड़ों हजारों सवाल रोज लगे रहेंगे मेरे इनबॉक्स में हम उन्ही के सवालों का जवाब देने में चुक जाएंगे मेरा विषय आगे बढ़ ही नहीं पाएगा यह जो प्रश्न है ऊंची मकान के बगल के खाली पड़े प्लॉट के यहाँ भी ठीक वही नियम लागू होगा यदि आप जो प्लॉट चयन कर रहे हैं करने जा रहे हैं उससे सटे पश्चिम या दक्षिण दिशा में ऊंची बिल्डिंग है पहले से बनी हुई तो आपके लिए लाभदायक होगा ठीक इसके विपरीत पूर्व या उत्तर दिशा में यदि बिल्डिंग बनी हुई है और जानकारी करने पर यह पता लगता है आपको कि यह प्लॉट बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है बहुत दिनों से पूर्व और उत्तर में यह ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है तो ऐसी स्थिति में आप भरसक प्रयास करें तो उस जमीन को न लेने का उसमें कई तरह के वास्तु दोष आ जाते हैं आने लगते हैं अपने आप में वो जमीन सही होने पर भी शुद्ध होने पर भी पड़ोस के भूखंड के कई दोषो से प्रभावित हो जाता है एक रोगी मनुष्य के साथ रह करके दूसरा स्वस्थ मनुष्य भी रोगी हो सकता है एक साधु के संसर्ग में रह करके एक असाधु व्यक्ति भी प्रभावित हो सकता है उसी तरह से वास्तु भूमि भी शुभ और अशुभ आसपास के प्रभावों को ग्रहण करती ये तो स्वाभाविक है कि सभी जमीन पर एक ही बार मकान नहीं बन जाएंगे सबकी ऊंचाई समान नहीं हो जाएगी किंतु यदि यह अंतराल लंबा हो दीर्घ हो, हो वैसी स्थिति में विचारनीय हो जाता है ऊंचाई की तरह ही गड्ढे नदी झरने आदि का भी सवाल उठेगा उसका भी प्रभाव उसी तरह होगा इस तरह दिशा की ओर यदि नीची जमीन है नदी है झरने हैं, तालाब है पोखर है तो बाग बगीचे हैं तो उसका प्रभाव अच्छा माना जाएगा और ठीक इसके विपरीत ये चीजें अगर पश्चिम और दक्षिण दिशा में हो तो उसका प्रभाव पूरा माना यहां पर एक बात और ध्यान देने की है आस आसपास के मकान विशेष करके जिस भूखंड का आप चयन करने जा रहे हैं कर रहे हैं उससे ठीक सटे के अन्य प्लॉट चारों दिशा में कैसे हैं क्या है कैसा उस पर निर्माण है पहले से ये ध्यान रखना चाहिए प्लॉट खरीदते समय प्लॉट के चयन करते समय क्योंकि तो भूमि चयन का प्रसंग चल रहा है तो भूमि चयन के संबंध में किन किन बातों का ध्यान रखना है इस पर ध्यान दिलाना मेरा उद्देश्य है चयन से संबंधित अन्य भी प्रश्न आप किसी के मन में उठ सकते हैं आपका स्वागत है आप प्रश्न कर सकते हैं सुविधा अनुसार समय के अनुसार आपको उत्तर भी अवश्य दिया जाए अगले प्रसंग में भूमि भूमिचैन के से संबंधित किंचित भिन्न बातों की चर्चा हम करेंगे जैसे अब तक ये सारी बातें कहां हो से संबंधित की रही हैं? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे धार्मिक स्थल सभा चौक चौराहे चो बाजार अस्पताल स्कूल इत्यादि इत्यादि मतलब कि आसपास की कैसी स्थिति है इन सब बातों पर चर्चा हुई किस नगर में हो नगर के किस दिशा में हो इत्यादि बातें हुई अब भूमि चयन संबंधी एक दूसरे पहलू पर हम विचार करेंगे अगले एपिसोड में ये प्रसंग बस एक प्रश्न के उत्तर स्वरूप एक छोटा सा एपिसोड बीच में यह आया इसे हमने स्वतंत्र रूप से इसकी चर्चा की हालांकि यह विषय सीधे पिछले प्रसंग से जुड़ा हुआ है कहा होश ही संबंधित है अब इसके बाद के प्रसंग में कहाँ हो और कैसी हो से संबंधित कुछ रोचक बातों की चर्चा कर करेंगे और फिर भूमि के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे उन प्रकारों को हम कैसे पहचानेंगे उनके पहचानने के क्या तरीके होंगे इत्यादि बातों पर चर्चा होगी हमने अनुमति दें पुनः मुलाकात होगी अगले एपिसोड में स्वस्थ रहें आनंद रहें प्रसन्न रहें हरिओ शांति शांति शांति। तो दोस्तों आपने देखा कि देहरादून के एक सज्जन के प्रश्न को उत्तर दिए गए अभी अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फ्लैश हो रहे ई ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक करें साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि आपको हमेशा प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलता रहे इसी के साथ तुम्हारी स्वस्तिका को इजाज़त दीजिए नमस्कार